वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं फिर से आपके सामने फिटर ट्रेड की एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूँ जो कि ड्रिलिंग से रिलेटेड है पिछली क्लास में मैंने ड्रिलिंग के बारे में बताया था अब मैं आज आपको ड्रिलिंग मशीन के टाइप्स बताऊँगा सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग स्पीड और फीड कटिंग स्पीड किसे कहते हैं ये जानेंगे ड्रिल की कटिंग स्पीड ड्रिल के परिधि के किसी बिंदु पर चाल होती है अर्थात ड्रिल की परिधि पर कोई बिंदु एक मिनट में जितनी दूरी चलता है वह कटिंग स्पीड कहलाती है अब कटिंग स्पीड निकाला किस तरीके से जाता है इसके कुछ फार्मूले हैं सबसे पहला है सी का मतलब कटिंग स्पीड बराबर बटे 1000। जब हमें वैल्यू एम में दी गई होगी तब हम इस का यूज करेंगे जिसमें फाइव की वैल्यू होती है तीन बटे चौदह या फिर बाईस बटे सात डी हमारा क्या है डायमीटर मतलब व्यास। एन हमारा क्या है चक्रों की संख्या फिक्स है जिनकी वैल्यू आपको रखनी होगी अब दूसरा वगैरह जब हमें एमएम वैल्यू दी गई होगी तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे जब हमें सेंटीमीटर में दिया गया होगा तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे सेकेंड है कटिंग स्पीड बराबर सीएल बराबर पाई डी एन बटे हंड्रेड जब हमें सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई होगी तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है इसके बाद जब हमें इंच में वैल्यू दी गई होगी तब हमें क्या करना है सी एच बराबर पाई डी एन बट ए हमारे कटिंग स्पीड के तीन फार्मूले हैं एम एम में निकालने के लिए ये है, और सेंटीमीटर के लिए इन तीनों की हम यूनिट देखेंगे क्या है इसकी यूनिट मीटर प्रति मिनट होगी सेंटीमीटर वाले में क्या होगी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी इसमें हो के लिए नेक्स्ट हमारा फीड मतलब गहराई निकालने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे इसके लिए फार्मूला है टीएन अब हम देखेंगे यहां पे L क्या चीज है और टीएन क्या चीज है L बराबर होकर ड्रिल द्वारा T मिनट में चली गई दूरी हमारा क्या होगा चक्रों की संख्या नेक्स्ट है हमारा इसी में फीड का दूसरा फार्मूला है एल प्लस बी बी हमारा होगा कौन की ऊँचाई टी हमारा समय एन हमारा चक्करों की संख्या ये हो गया हमारा फीड निकालने का फॉर्मूला अब हम देखेंगे नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ये एक छोटे साइज की ड्रिलिंग मशीन है पर ले जाकर विभिन्न ड्रिलिंग की कार्यक्रियाएं की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारा ड्रिल ड्रिल मशीन। मशीन इस के mm के द्वारा 20 तक होल किए जा सकते हैं अब हम देखेंगे यह ड्रिल मशीन उपकरणों में एकट साइज के होल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग हल्के कार्यों में किया जाता है नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन ये मशीन संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन की तरह ही होती है परंतु यह अधिक बड़ी व भारी होती है इसके द्वारा 75 एम एम तक के ड्रिल होल किए जाते हैं नेक्स्ट हमारा रेडियल ड्रिल मशीन साधारण ड्रिल मशीनों में स्पेंडिल अपनी जगह पर स्थिर रखा जाता है तथा जॉब को ही सरकाकर या टेबल को चलाकर ड्रिल पॉइंट को इस पेंडिल के नीचे उचित स्थान पर लगाया जाता है और बहुत बड़े जॉब को बार बार सरकाना कठिन कार्य है रेडियल ड्रिल मशीन से जॉब के एक प्लेन के सभी होल जॉब की एक ही सेटिंग में कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा गैन रेडियल के बाद में गैंग ड्रिलिंग मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन में दो या दो से अधिक सेंसटिव ड्रिलिंग मशीन को एक ही वर्क टेबल पर प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट हमारा मल्टी स्पेंडिल ड्रिलिंग मशीन इस मशीन में एक ही मोटर के द्वारा दो या दो से अधिक स्पेंडिल एक साथ चलाए जाते हैं इसमें स्पिंडलों इस को चार स्प्लाइन सॉफ्ट हब के द्वारा दी जाती है इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन इस प्रकार की मशीनों को ड्रिलिंग प्रक्रिया ऑटोमेटिक मतलब स्वतः होती है इसके लिए एक कन्वेयर पर फिक्सर में जॉब को पकड़ा जाता है इसे लोडिंग करते हैं ये हमारी हुई ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन इस तरीके से जो ड्रिलिंग मशीन के प्रकार से वे सात प्रकार के हैं कटिंग स्पीड और फीट निकालने का मैंने साथ आपको बता दिया इस तरीके से ड्रिलिंग टॉपिक आज यहीं पर समाप्त हुआ अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें